है, है है, है है hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. So, आज मेरे first vlog है तो छोटी छोटे mistakes को please ignore कीजिएगा तो अभी बजरे सुबह के साढ़े सात ऐसे मैं अभी सो के उठा क्योंकि रात को लेट नाइट तक जग रहे थे इसी वजह से अभी सुबह लेट में उठा देन अभी मैं आया था टेरिस पे तो मैंने सोचा कि ऐसे ब्लॉग भी स्टार्ट कर दूँ जैसे कि आप देख सकते हो अभी ए फ्यू मोमेंट्स लगे सब पढ़ाई करके अभी आए थे भूख लगी तो अभी ब्रेकफास्ट करेंगे आज के ब्रेकफास्ट में ये है ये साबूदाना मीठा वाला और ये चना और ये थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स सो ब्रेकफास्ट करके फिर मिलते हैं आपसे मैं बढ़िया खाती कड़ियाल बैठा हुआ था मस्त पढ़ाई करके सोचा थोड़ी देर फोन चला लूँ बट किस्मत ख़राब है ना मेरी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 अब है जो है वो समा है तुम रह सके जीत, अब चाह है जिंदगी ऐसी एक्चुअली बढ़िया कि ये सेट टू है यार सेट टू वन सेट वन ऑलरेडी डिलीवर हो चुकी है और इसमें जो चैप्टर्स हैं वो ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं मेरे लिए अब प्रॉब्लम है कि अब ये पीट्यूब से मुझे पढ़ना पड़ेगा चलिए कोई दिक्कत नहीं चलते भी इसको अनबॉक्सिंग करते हैं तो so, ब्लॉग को करते हैं यही पहन मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो